हेलो दोस्तों मैं हूँ निवेदिता आपका मेरे चैनल रेसिपी का नरो निवेदिता में स्वागत है जैसे कि आप सबको पता है जन्माष्टमी आ रही है और कान्हा जी को मिठाई बहुत ही पसंद है तो जन्माष्टमी स्पेशल में हम बनाएंगे रबड़ी मालपुआ वैसे तो मालपुआ बहुत तरीके से बनाया जाता है मैं आपको आज सिखाऊँगी इंस्टेंट मालपुआ कैसे बनाया चलिए शुरू करते हैं रबड़ी मालपुआ रबड़ी मालपुआ के लिए हमें चाहिए एक कप मैदा दो से तीन टेबलस्पून सूजी या रवा एक कप मिल्क दो से टी स्पून रबड़ी पाँच छः इलायची वन स्पून सौंफ दो से तीन स्पून घी आप चाहो तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो पहले हम मालपुआ के लिए चासनी बनाएंगे। एक बर्तन में एक कप चीनी और एक कप पानी आड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे जैसे ही थोड़े उबल आ जाए उसमें दो से तीन इलायची डाल के पाँच से सात मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे जब तक हमारी चाशनी पक रही है हम मालपुआ की प्रिपरेशन करेंगे इसके लिए पहले हम चार से पाँच इलायची और एक चम्मच सौंफ को दरदरा तरह कूट लेंगे अब एक बाउल में एक कप मैदा दो से तीन टेबलस्पून स्पून सूजी एक कप मिल्क और कुटी हुई सौंफ और इलायची को आड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे मेरा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ आप चाहो तो मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो अब इस बैटर में दो से तीन स्पून रबड़ी एड करके इसे पाँच छः मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे मैंने यहाँ पे होममेड रबड़ी लिया है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप चाहो तो यहाँ पर मिल्क और मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हो हमारा जो बैटर है ना ही बिल्कुल पतला ना ही बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए अब हमें इसे 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे अब हम चाशनी चेक करेंगे हमारा चाशनी थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है हमें यहाँ पे एक तार वाली चासनी नहीं बनानी है एक तार होने से पहले ही निकाल देना है लास्ट में एक पिंच साफरन डाल के उसे गैस में से उतार देंगे अब हम गैस में एक पैन रखेंगे अब चाहो तो कढ़ाई का भी यूज कर सकते हो मगर उसमें एक एक करके मालपुआ बनाना नहीं तो वो खराब हो जाएगा अब हम पैन में दो से तीन स्पून घी ऐड करेंगे ज़्यादातर भगवान जी का प्रसाद घी में ही बनता है आप चाहो तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो मालपुआ बैटर को धीरे धीरे पैन में डालेंगे बैटर को अपने आप ही फैलने देंगे याद रहे हमारा घी ज़्यादा गर्म नहीं हो नहीं तो मालपुआ जल जाएगा हमारा मालपुआ एक साइड से फ्राई हो गया है इसे हम पलटेंगे और इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे अब हमारा सारा मालपुआ रेडी है इसे चाशनी में दो से तीन मिनट के लिए डुबाएंगे और इसे प्लेट में निकाल देंगे याद रहे हमें इसे चाशनी में ज़्यादा देर के लिए नहीं डुबाना है लो जी हमारा चाशनी से डूबी हुई मालपुआ रेडी है इसके ऊपर बहुत सारी रबड़ी और बहुत सारी ड्राई फ्रूट डाल के हमारे प्यारे कान्हा जी को भोग लगाएंगे आपको ये रेसिपी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ ही साथ बेलाइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना और जाते जाते एक लाइक भी कर देना फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ